वेलकम बैक टू वन अनदरब तो आज हम खेलने वाले हैं ग्रैंडी चैप्टर टू और इस बार हम खेलने वाले हैं ग्रैंड पा के साथ क्योंकि नहीं मिल रहा था कुछ कंटेंट एंड अब मेरे वादा किया था तो कि मैं ग्रैंड पा के साथ भी खेलूंगी तो बोध के साथ खेलने वाली हूँ बस थैंक यू फॉर 50 व्यूज़ थैंक यू सो मच एंड चलो फिर ग्रैंड और ग्रैंडी के साथ करना है कैसे भी करके इस गेम को हमें ख़त्म करना ही यही क्योंकि ग्रैनी चैप्टर थ्री आ गया है और मेरा सिर इतना फट रहा है कुछ भी हो चलो हमें ग्रैनी चैप्टर टू स्किप करना है तो एक काम करते हैं सब डोर्स खोल देते हैं और जाके नीचे जा देखते हैं कि क्या है नीचे क्योंकि नीचे भी बहुत सारी चीज़ें होंगी बहुत सारी चीज़ें हैं चाहिए भी तो चलो नीचे चल देखते हैं क्या है breath, breath. ये क्या होता है भाई इसी तो आवाज़ कर दिया ग्रांड पा तो ज़रूर आएगा क्योंकि उसे कुछ सला ही नहीं देता पहली बात पहले ही इस क्रिएचर की बातें वो बहुत अच्छे से सुनता है तो चलो फिर यहाँ वो कहीं भी आ सकता है तो, तो भी ये आवाज़ कर देते हैं दोनों भी नीचे आ जाएंगे और हम चले जाएंगे ऊपर क्योंकि हमें पहले शॉर्ट या स्टंगन चाहिए स्टंगन मुझे बेकार लगती है तो चलो जा ग्रांड पा जा जब जाएगा यहाँ से तो मैं ऊपर जा पाऊँगी ग्रैंडी भी आ प्लीज़ आ गए आ गए चलो फिर ऊपर चलते हैं आवाज़ मत कर यार ओके चलो ऊपर चलते हैं ऊपर जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ है मुझे सामान में ढूंढना है ज़्यादा चलो यहाँ पे क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है ओके ऊपर जाके देखते हैं एक बार क्योंकि नीचे ज़्यादातर हेलीकॉप्टर की चीज़ें होंगे अब मुझे लगता है ओके यहाँ पे देखते क्या है यहाँ पर ओके डन अब हम करने वाले बोट स्किप क्योंकि मुझे पहले एक सिंबल मिल गया कि हम बोस्ट बोट बोट स्किप करेंगे तो यहाँ पे ओके कुछ नहीं है ओके यहाँ पे एक बार देख लेते हैं वो वेपन वेपन की वेपन की चलो चलते हैं नीचे क्योंकि अब अब खत्म ये लोग तो खत्म हो गए अब चलिए डोर बंद कर देते हैं अब चलो फिर ये, ये बैठ के नीचे छू के इसने गा लगा दिया तो चलो यहाँ पे चलते हैं नीचे और जाके वेपन का वो डोर खोलेंगे ये सीक्रेट डोर जहाँ पे इन्होंने ये सब छुपा के रखा था चलो फिर अंदर चलते हैं अरे जल्दी खुला आ जाएगी वो ग्रैनी होगी ये खुल गया कितनी भी खूबसूरत है कि शॉर्टकन ओके दे दे भाई एमो ओके ओके पा जी आ जाए इनकी ग्रैनी तो आवाज़ से ही आई कि आजा पा ग्रैंड पा ओके आ गया चल ओके तो चलो फिर ग्रैनी आजा जा ग्रैनी। करती मैंने आज तेरी है मेरे में मेरी आमो चल गई मेरी आंव चल गई यार अब जा, जा, जा, जा, जा। अंदर चले जा जा। तेरे वो छोटो को जाके दे दे अब चलो right. ग्रैनी, ग्रैनी, ग्रैनी। कितना खिलाएगी छोटू इधर साथ डांस डांस कर, कर और <laughs> ओके, ग्रैंडपा तो थोड़ी देर पहले गया और रैनी भी चले गई ग्रैंड ऊपर जा मत जा प्लीज ऊपर मत जा भाई क्या करता रहता तू अब उसको तो पीछे के रास्ते से जाना होगा अब हम इसे शॉर्टकट लेके मारेंगे क्योंकि मैंने बहुत टाइम पास किया ग्रैनी भी उड़ गई होगी चलो फिर इसे मारते चलो भाई बाय बाय टाटा बाय बाय गुड बाय चलो ग्रैनी तू भी चले जा <laughs> इतना मज़ा आ रहा है लोगों को मार के ग्रैंड पास उतना डर नहीं होता तुम तो सी गटिक दे दो चलो चलते हैं हम चलते हैं वहाँ पे ओके <laughs> <भी चारी>, <laughs> <दे> <laughs> तो चलो बिना कोई बेकार बातें हमें स्केप करना है तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या पे है यहाँ पे सेफ कि ओके सेफ की, की में आई थिंक सॉरी सेफ में आई थिंक गैसोलीन होना चाहिए चलो फिर, फिर यहाँ पे हेलीकॉप्टर की ओके कोई बात नहीं हमें हेलीकॉप्टर से स्केप नहीं करना है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार डोर अंडर के अचानक मैं ओके यहाँ पर देख लेते हैं ओ यस स्पार्क प्लग मुझे इतनी चीज़ें मिल रही हैं बोट स्केप के लिए चलो चलो चलो चलो सारी चीजें चीजें जमा करते हैं हैं हैं लास्ट में ले लेंगे तो हमें इस बार पक ऊपर ऊपर चलते और लेके आते ओके चलो, चलो। okay, एक बार ऊपर देख लेके आ जाता है आई थिंक पे आते okay, चीजें ओके यहाँ पे बीच ओके यहाँ पे चलते हैं नीचे नीचे जाके सारे चीज़ें यही लेंगे इस बार ये ओपी स्केप होगा ओके ग्रैनी आ जाओ बाय बाय बाय ग्रैंड पा आ यो ग्रैंडपा, बाय बाय ग्रैंडपा, ओके ग्रैंडपा बाय बाय ओके ग्रैंडपा ना बहुत बिना आवाज़ सुने नहीं आता उसे चलो ये बोल के लिए नीचे देख के टेक जाते हैं ओके okay, और मुझे क्या ढूंढना है क्या सुनी है पैडलॉक की उतना ही ढूंढना है, है। क्योंकि पैडलॉक की लास्ट टाइम कितना ढूँढा है यही थी पर अब मुझे लगता है कि पैडलॉक की कहीं दूसरी जगह ही है इनकी मेरे सारे जगह ढूंढ लिया तो फ्रेंड चेक बार कर लेते हैं वहाँ पे क्या होगा पता नहीं वो छोटू के पास चोटो तो बहुत अच्छा है चोटो चलो भाई अरे चलना जल्दी ओके किरानी आ टाइम पास क्या मैंने मुझे ख्याल ही ही नहीं आया मेरे पास एमओ ग्रैंडपा ग्रैंडपा ग्रैंडपा ग्रैंडपा ना उड़ पर ग्रानी? ग्रानी? ओ ओ है तू ग्रानी? ग्रानी? आ गयी, आ गई गई बाय बाय ओके पे है, ओ स्वागत तो करो हमारा oh, चलो फिर सॉरी शिट कर असली नाम बोल दिया मैंने ओके चलो चलते हैं अब जाके कैसे है ओके यहाँ पे आवाज करते हैं और ये दोनों आ जाएंगे नीचे जल्दी जल्दी भागे भागे कि इनका शिकार पकड़ा गया अब ये दूसरा दिन मैं इतना अच्छा जा जा तो बहुत अच्छा है और ग्रहण ग्रहणी कहाँ चलेगी ये आगे आगे वाह तू भी चले जाता है तो बहुत अच्छी है बावड़ी ओके चलो मैं चलता है और जाके अपना एमो फिल कर लेते हैं बस कौन सी कौन सी चीज़ें मिलेंगी सब कर दूंगी एमोज मुझे बहुत ज़रूरी है चलो ये ले लेते हैं ओके okay, ये लेते हैं और जाके अपने आम उसे मेरी ग्रानी मेरे पीछे पीछे आ रही है यार ये या ग्रहण मुझे बाहर जाइए प्लीज़ ये आमो आए मोमो यस यस ओके ग्रानी तेरे कुछ सूट कर दूँगी मैं बाय बाय ये ले चलो ले, ले, ले लिया बाय बाय ग्रानी बाय बाय और ग्रैंड पा भी बाय बाय बाय बाय टाटा गुड बाय गया, गया। ऊपर चलते हैं ऊपर जाके देख के आ जाते हैं क्या क्या है ऊपर अब मुझे सिर्फ गैसुल पैड लॉक की ढूंढना है सिर्फ दो चीज़ें है और कुछ भी नहीं है चलो एक बार ऊपर जाके देख लेते हैं वहाँ वेम्पायर के पास क्या है सिलेंडर ने का पति ओके चलो ऊपर चलते हैं एक बार जाके देख लेते हैं तो ये मैंने ले लिया है क्या बोलते हैं इसको प्लायर्स प्लायर्स के अंदर देख के वेम्पायर अंदर मरा हुआ है और यहाँ पे पैड लॉक है चलो पैड लॉक ले कर चलते हैं बाहर नीचे बोट के पास जाके फेंक के आ जाते हैं ऐसे चलो नीचे चलते हैं और कुछ नहीं है और मुझे आई थिंक अब कुछ भी कहीं भी नहीं है अब मुझे डब्बों में ही खोल के देखना पड़ेगा अब चलो नीचे चलते हैं नीचे यहाँ मैंने फेंक दिया है ऐसे और मुझे जाकर क्रोबार ढूँढा है क्रोबार आई थिंक वो सिलेंडर के बेटे के पास है वो छोटू चलो वहाँ चलते वो खेकड़े के पास उसका खाना ले चले जाते हैं क्योंकि वो मुझे मेरे पास गोलियां नहीं हैं अब कहीं भी तो चलो ये मीट मैंने ले लेती हूँ और जाके वो छोटू खाना देना है खाना अरे छोटू तेरा खाना आ गया छोटू पहले अच्छा ओके क्रोबा है ओके यहाँ पे भी रख देते हैं इसका खाना और जाके ये क्रोबा जलिए लेके भागना पड़ेगा नहीं तो ये मुझे काट लेगा ओके चलो नहीं काटा डन और कुछ नहीं है बस डब्बों में खोल के देखेंगे तो कैसे उभर के आएगा चलो छोटे ऊपर और जाके खोल लेते हैं ये हैंडविल कोई बात नहीं चलो नीचे जाके देख लेते हैं दे बहुत बहुत क्या करते रहते ये लोग भाई ओके <laughs> okay, अभी देख ले देख रहे मेरा कोई भी नहीं है कोई भी नहीं है, तो भी नहीं है।, तो भी देखते है। खोल खोल लेते लेते हैं। हैं। और और मैं मेहनत नहीं नहीं कर सकती। मैंने हर जगह ढूंढ लिया। मुझे लगा चलो मिल गई। तू भी भाई। साले, कितना जान खाया तूने कितने खराब जंग दिया है तूने बाय बाय नाच के यार हर जगह देख लिया मैंने कहीं नहीं मिल रहा है मुझे अब क्या करूं चलो एक बार यहाँ पे देख लेते क्या है पे? लेट्स गो। यार, अब मुझे मिल गया कैसे सब कुछ मिल ही चुका है मुझे चलो नहीं मिल सकते चलो भाई जल्दी जल्दी भर जाओ उठ गए तो हो गए, वो घंटे के बाद आया था तो गया गया, भर अब चलो आ, आ क्या बोलते हैं, लगा दिया, चलो चलो। चलो फिर से गई है, नीचे चलते हैं, इसने बाप रे भगवान मेरी मुझे गई गई गई दई सड़ो उठो चली उठो डर मत चलो उठ जा चेस पर पट लेके आते ऊपर जाके प्लीज चली गई वो डर हो रहा है चलो ऊपर चलते बहुत डर लग रहा है मुझे ये जल्दी ख़त्म करना है ये गेम मतलब तो मुझे बहुत डर लग रहा है और ग्रैनी थ्री में पता नहीं क्या होने वाला है सड़कों पर वो बूढ़ा ना आ गया ओके चलो लेके चलते हैं हमारे स्पार प्लग स्पार्क प्लग मैंने ले लिया चलो लगा देते हैं नीचे चलो कुछ नहीं हुआ लेना है पैड लौक के लेना है बस खत्म इतना ही है गेम चलो नेक्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर भी करेंगे ये तो चलो मैंने बोट की ले ली और नीचे पैड लौके मुझे लगा कि ग्राउंड पे आ गया था चलो यहाँ रख देते हैं और यहाँ रख देते हैं ये फिर ये ले लेते ले हैं पैड लौके आसता आवाज़ नहीं करना है कर ले चलिए जल्दी जल्दी फिर नीचे आ जाएगी वो आवाज से चिल्ली खोल जा यस चलो खो दिया। तो इसी के साथ हम जा रहे हैं इस, इस चलो शिट मेरी गेट ही नहीं खोलना था फिर ना नीचे ना आ गई प्लीज यारीचे मैं, मैं, मैं आ गई तो चलो खोल दिया मैंने प्लीज चलो नहीं क्या ना चलो चलो चलो तो गाइस इसी के साथ हमने कंप्लीट कर दिया है ग्रैनी चैप्टर टू बोट एस्केप ग्रैंड पा की भी साथ भी बाय बाय ग्रैंड पा ग्रैंड बाय बाय बाय ग्रैनी बहुत मज़ा किया नेक्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर एस्केप गारंटी तो गाइस इसी के साथ हमने ग्रैनी चैप्टर टू कंप्लीट कर दिया है वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो सब्सक्राइब भी कर दो एंड बेलाइकन प्रेस कर दो ग्रैंड बहुत मज़ा किया और ग्रैनी together. Okay, so there and thanks for watching.